ईरा खान और उनके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड यानी नुपुर शिखर ने अब अपनी सगाई की जानकारी दे दी है दरअसल आमिर खान की बेटी ईरा खान और उनके फिटनेस ट्रेनर नुपुर शिखर अब बहुत जल्द शादी करने जा रहे हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें नुपुर शिखर ईरा को प्रपोज करते नजर आ रहे हैं देखिए वीडियो Hello can I talk to Mr. Laura? I sprint to the line